भिंड से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक पिस्टल से अपना बर्थडे केक काटता हुआ नजर आ रहा है युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद पुलिस ने यह मामला संज्ञान में लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है भिंड के गोहद में एक युवक ने अपना 19वां जन्मदिन मनाया जिसमे उसने पिस्टल से उन्नीस केक काटे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया लेकिन युवक अपने जन्मदिन की खुशी में यह भूल गया कि उसकी पिस्टल बिना लाइसेंस की है ये वायरल वीडियो जैसे ही पुलिस की जानकारी में लगा उन्होंने तुरंत मामला दर्ज किया और युवक को गिरफ्तार कर पिस्तल बरामद की वहीं अवैध हथियार रखने के जुर्म में युवक को जेल भेज दिया गया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं